डिजिटल लेने में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप आपका यूआईडी नंबर या ईआईडी नंबर कैसे फिर से पा सकोगे तो सिंपल सा है मैं आपको ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं शॉर्टकट में चालू करते हैं और जटपट में ये सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा जैसे कि यू ये आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट है इस पर हम जाएंगे जैसे कि अभी मैं साइट पे आ चुका हूँ देन माय आधार पे जाके हमें रिट्रीव लॉस्ट और फॉरकटन ई आई और यू आई पे क्लिक करना है जैसे कि अगर आप आपका आधार नंबर या ई आई नंबर भूल चुके हो तो बस सिंपली आपको यहाँ पे आपका नाम टाइप करना है बस ख्याल रहे कि आपका इसमें मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है ठीक है मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि टॉपिक कुछ और होता है और अंदर का मटेरियल कुछ और होता है अभी जैसे मेरे जैसे कि अभी ये नाम आधार कार्ड में है बट अगर यहाँ पे एक भी स्पेलिंग मिसमैच होती है तो डाटा फाउंड नहीं हो पाएगा सो प्लीज़ प्रॉपर नाम जो भी था वो डालिए अब देखिए सेंड ओटीपी करके मैंने अभी ये भेज दिए अभी ये इस आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओ टी पी चली गई है अब देखो मेरे को मैसेज आ गया है जैसे ये यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया ओके वाला तो आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका आधार नंबर भेज दिया जाएगा सेम प्रोसेस अगर आपको ई नंबर चाहिए तो भी सेम प्रोसेस होगा एकदम बस खाली यहाँ पे आधार है यहाँ पे ई है तो आप इस पर क्लिक करके आपका नाम डाल के मोबाइल नंबर और कैप्चर डाल के सेंड ओ करके आप इसको वेरीफाई करके आपका ई आई या यू आई पा सकते हो ये तो सिंपली प्रोसेस बने रहे मेरे साथ डिजिटल लेने थैंक यू